हेलो नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष के इस बेहद ही खास और क्रांतिकारी चैनल एस्ट्रोविद आशीष पर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लाइन है कि नई कला नूतन रचनाएं नए भाव नूतन साधन नई सूझ नूतन नुमंग से वीर बने रहते नूतन इसी के साथ हम भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं नए साल की और आज का हमारा ये वीडियो मेष राशि वालों के लिए रहने वाला है बेहद खास आपका एक एक मिनट वसूल होगा इस वीडियो में और अगर आप एक मिनट से भी चूक गए तो समझ लीजिए पूरा साल आप चूक गए तो आप शुरू से अंत तक इस पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि आज आशीष जी बताने वाले हैं बेहद ही खास पांच उपाय और अगर ये पांच उपाय आप कर ले गए पूरे साल स्वास्थ्य शिक्षा कैरियर परिवार प्रेम प्रसंग सब कुछ एक साथ सज जाएगा रहीम जी का एक दुआ भी है कि ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए मूल फूले फले अगाए। तो नासी फलेष क्या है आज मेष राशि वालों के लिए खास और क्या रहेंगे वो पांच आपके राम बाण उपाय रामबाण समझ रहे हैं ना जो चलता है तो फिर खाली नहीं जाता नहीं। है।, है तो वो दिव्यतम पांच उपाय आपके ऊपर बताए शिवम जी सबसे पहले तो मैं अपने सभी सम्मानित श्रोतागणों को उनके भीतर उपस्थित उस परब्रह्म को साक्षी मानकर तथा उस प्रम, पर परब्रह्म को शीश नवाते हुए प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो 10 मिनट रहेंगे ये आपके जीवन के सबसे अनमोल 10 मिनट रहने वाले हैं और इन उपायों को यदि आप कर ले गए तो हमारा ऐसा विश्वास है कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी होगी नहीं, नहीं।, नहीं बिल्कुल एक बात और बताना चाहते हैं कि ज्योतिष व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं अपितु कर्मवादी बनाता है तुलसीदास जी ने भी देखिए रामचरितमानस में एक प्रसंग दिया है क्योंकि तुलसीदास जी बहुत लिखे एजुकेटेड साधु थे उनकी एक एक पर, एक एक दोहों पर पर अच्छा दोहों पीएचडी हो सकती है विश्वास जी का बहुत अच्छा बिल्कुल तो तुलसी दास जी ने कहा की कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जा जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल वो चखेगा ठीक वहीं पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक अन्य प्रसंग और उन्होंने है। है हाँ, तो तो प्रस्तुत किया है लेकिन दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे की मनुष्य जो है आप लोग जो है हम है ये नियति के हाथ में एक कठपुतली की तरह है लेकिन एक ज्योति होने के नाते मेरा ये परम कर्तव्य है कि आप लोग कठपुतली ना रहें उसी का ज्ञान कराना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं अतः इन ग्रहों के प्रभाव को कैसे संतुलित किया जाए ताकि भीषण गर्मी में भी आपको गर्मी का आभास ना हो जब भीषण गर्मी पड़ रही होती है तो जो वातानुकूलित एसी रूम होते हैं उसमें, उसमें आपको है। गर्मी लगती है गर्मी का अनुभव होता है आपका जवाब होगा नहीं संतुलन ही प्रकृति का नियम है वात अर्थात वायु इसको अगर आप अनु, अपने अनुसार अनुकूल कर देंगे तो निश्चित ही आपको उस अनुकूलता का लाभ मिलेगा इसी प्रकार से यदि ग्रहों को आप अपने अनुसार अनुकूल कर लेंगे तो निश्चित ही उनके जो अच्छे प्रभाव हैं उसमें वृद्धि होगी जो खराब प्रभाव हैं वो प्रभाव चले जाएंगे भाई छोटा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप कहते हैं ग्रह कैसे अनुकूल होते हैं हेन तेन, तेन, कहने वाले हर जगह होते हैं। छोटा सा एग्जांपल आप सुबह 6 बजे सूर्य के सामने रहिए आपको फायदा होगा बिल्कुल आप दोपहर को 12 बजे सूर्य के सामने रहिए बिल्कुल नहीं कोई लाभ नहीं होगा प्रत्यक्ष उदाहरण है भाई एक बात और बता दे ज्योतिष मतलब होता है ज्योतिष मतलब होता है भविष्य को जानने की एक कला ठीक अब जैसे हम लोग क्या करते हैं आप लोगों में से तमाम दर्शक फॉरेन जाते होंगे या अपने देश में ही अन्यत्र किसी पर्यटन की यात्रा करते होंगे वो लोग क्या करते हैं पहले गूगल से पहले वेदर चेक करते हैं कि कनाडा अगर हमको जाना है तो का तो वेदर क्या, क्या है? है अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो है शर्ट पैंट में पहुंच गएकिंग करते हैं वो भी एक प्रकार से आप लोग उपाय कर रहे हैं उस मौसम के प्रतिकूल अपने आप को ढलने का भाई ज्योतिष भी ये चेक करता है कि किस ग्रह की क्या स्थिति रहने वाली है उसका क्या गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर पड़ेगा पृथ्वी उसका क्या रिएक्शन करेगी और क्या सागर की स्थिति क्या वायु की स्थिति क्या ये। ये। आपके क्षेत्र की स्थिति रहेगी वो सब डिजाइन करके ज्योतिष आपको आपके भविष्य के बारे में बताता है और सबसे बड़ी बात मैं ये कह दू नियति का मतलब ये नहीं होता नियति का मतलब ये होता है पंडित जी की आपके जो कर्म चल रहे हैं उससे जो भविष्य में मिलेगा जो ज्योतिष क्या करेगा कि आपके कर्म को और धारदार बनाएगा। बिल्कुल, ज्योतिषी है आपके से जुड़ी हुई आने वाली विपत्तियों को पता करके उससे आपके किस प्रकार से रक्षा की जाए एक प्रकार का कवच कवच एक प्रकार का कवच एक प्रकार का ढाल आपको देता है जिससे आपको कम हानि हो देखिए हानि तो बैसाखी नहीं देता है हाँ बैसाखी नहीं देता बिल्कुल हानि तो होती है लेकिन कम हानि हो तो शिवम जी इसी क्रम में नया साल चूंकि प्रारंभ हो गया है और हम अपने दर्शकों को नए नौ वर्ष की मंगलमय में शुभकामनाएं देना चाहते हैं तथा जो भी मेष राशि के हैं मेष लग्न के हैं जिनका नाम अक्षर मेष राशि पे आता है या जो बर्थ के अनुसार भी मेष राशि के अंतर्गत आते हैं तो उन्हीं के लिए ये पांच महा उपाय इसको आप कह लें कि पांच ब्रह्मास्त्र जो भी इसको आप नाम देना चाहे दे तो के जातकों के जीवन में बदलाव 100 परसेंट सुनिश्चित है इसमें कोई इफ कोई बट की गुंजाइश है ही नहीं है तो जिसकी भी मेष राशि है देखिए एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि उसके स्वामी जो ग्रह होते हैं ये मंगल होते हैं मंगल एक प्रकार के तेजस्वी ग्रह है सूर्य इस राशि में नीच के होते हैं और शनि देव इस राशि में नीच के होते हैं तो चूंकि ये गतिशील राशि है राशि मंगल हाँ, मंगल जो है है को सेना भी कहा जाता बिल्कुल सेनापति की इनको कहा गया है तो सबसे पहले आपको अपने राशि का मंत्र आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए ये जो मंत्र है इसका डेली आपको एक बार जाप करना होगा इस मंत्र को हम पढ़ के ध्यान से आप इसको हाँ। रोक कर और नोट भी कर सकते हाँ। हैं। इसको आप करिए, नोट और बार-बार इस को देखिए, आपको एक नई मोटिवेशनल मिलेगा, एक नई आपको जो है नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता आपके अंदर आएगी। बिल्कुल, ये जो मंत्र है आप लोग स्क्रीन पर अब देख सकते हैं ओम धीम श्रीम श्री महालक्ष्मी नारायणा नमा मेष राशि का ये मंत्र है आप लोगों को 108 बार प्रतिदिन इसका जाप करना है और 90 दिनों में इसका आप लोग भरपूर लाभ देख सकते हैं हमने कहा भरपूर भरपूर लाभ लाभ लाभ थोड़ा बहुत नहीं भरपूर और आज आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो भी कहता है कि, कि किसी भी आदत को बनने में 90 दिन लगते हैं तो आप कम से कम इस मंत्र के साथ और इस उपाय के साथ शुरू के तीन महीने बिताइए और बाकी के नौ महीने आप इसका लाभ लीजिए बिल्कुल तो इस मंत्र का आपको जो है जाप करना है तो पंडित जी मंत्र तो आपने बताया। लेकिन किस दिशा दिशा में? क्योंकि मैं मैं प्रश्न पूछने से पहले मैं एक बात कह दूं कि दिशा की अपनी वैज्ञानिकता है हम लोगों के घर में या विज्ञान भी कहता है कि व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पैर और उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि तब व्यक्ति पृथ्वी की धूरी पे आ जाता है उसके समांतर आ जाता है और उसके शरीर पर गुरुत्व चुंबकीय बल लगता है जिसके उसके शरी। जिससे उसके शरीर शरीर जिससे में जोड़ों का दर्द रक्त प्रवाह मानसिक बीमारी अनेक बीमारियां हो जाती है तो दिशा की अपनी वैज्ञानिकता है पंडित जी किस दिशा में मुख करके इस मंत्र को पढ़ना है देखिए हमारे शास्त्रों में जो दिशाओं के बारे में बताया गया है मंत्रों की जी जी तो इसमें ऋग्वेद में साफ साफ आता है देखिए शिवम जी हमारे शास्त्रों में जो आता है ऋग्वेद में दिया गया है कि मंत्रों को किस दिशा में जपना चाहिए तो एक श्लोक आता है कि उत्तरे शांति कामस्तु वश्य पूर्व मुखो जपेद दक्षिणम मारणम प्रोक्तम पश्चिमे चा धनागमन अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता पूर आपने पूर है आपने संस्कृत बोल दिया तो इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है कि उत्तर दिशा में यदि आप करके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी वहीं पर यदि आपने पूर्व दिशा की ओर करके जाप किया तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते, करते हैं सकते। दिशा की ओर करने से व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाता है मारण मोहन उच्चारण का जो मंत्र होता है दक्षिण दिशा की ओर मुख्य करना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर यदि व्यक्ति जो है मुख्य करके जाप करता है तो अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है तो आप पूर्व की ओर उत्तर की ओर या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जाप कर सकते हैं का हमारी, है। है। हमारी यहाँ पर राय है कि आप उत्तर की ओर या पश्चिम की ओर कर करके जाप करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब अगले उपाय पे पंडित जी आते दूसरा हैं ब्रह्मास्त्र उपाय दूसरा ब्रह्मास्त्र उपाय है ये है यंत्र देखिए ज्योतिष में उपचार कई प्रकार से शिवम जी होते हैं मंत्र होते हैं तंत्र होते हैं यंत्र होते हैं दान होते हैं जप होते हैं ठीक है जैसे नवदा भक्ति है हाँ। वैसे ही ज्योतिष भी है। इसमें एक यंत्र की खूबसूरती है इसकी ड्राफ्टिंग है इसको आप हर तरफ से जोड़ेंगे तो फिफ्टीन टोटल आएगा तो इस यंत्र को आप लोगों को बनाना रहेगा भोजपत्र पर अष्टंध मार्केट से ले आइएगा और अनार की कलम से बनाना रहेगा कब बनाना रहेगा तो मंगलवार दिन हो चित्रा या धनिष्ठा ये मंगल के है। इन नक्षत्रों का ध्यान को उत्पीड़ करते हैं इन अंकों को उत्पीड़ करते हैं और अपने पास रखते हैं तथा जो हमने मंत्र बताया है उसका आप लोग जाप करते हैं तो ये मंत्र का और जो है मतलब यंत्र का दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा निश्चित आपको लाभ पहुंचाएगा आपके राशि का लकी यंत्र ये है तो निश्चित ही आपको इसको करना चाहिए अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो मार्केट से ताम पत्र पर आप लोग जो है बना यंत्र है। ये क्रय कर सकते हैं तो ये था दूसरा उपाय पंडित बिल्कुल ये दूसरा उपाय फटाफट बता रहे हैं अधिक समय पंडित जी तीसरे उपाय पर आपका ज्यादा समय ना लेते हुए तीसरा उपाय पंडित जी तीसरा उपाय है सूर्य संगति सूर्य संगति ध्यान होगी थोड़ा सा आपको लगेगा की जो अरे पंडित जी ने हम बताया। एक पंडित जी उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि जितने भी यहाँ पेद्रिवेशी लोग है एक एक बाल की खाल निकालने वाले उनको भी तर्क मिलेगा उनको भी तथ्य मिलेगा उनके साथ हम आर्ग्यूमेंट हमारा रहेगा इसलिए वो भी इस वीडियो को पूरा देखे शिवम जी फिर हम उनको बताएंगे की सूर्य संगति का सीधा सा मतलब है की सूर्य से संगति करना अर्थात देव से मित्रता करना संबंध प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष देव है प्रत्यक्ष पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी चाहे जो लग्न हो चाहे जो राशि हो यदि आपने अपनी कुंडली में ग्रहों का राजा इनको इसी प्रकार से नहीं कहा गया है यदि आपने अपने जीवन में सूर्य को प्रसन्न कर लिया आपके अनुकूल हो गए तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी सूर्य संगति में होता हाँ, क्या है प्रातः काल आपको जल्दी उठना है और सूर्योदय से एक घंटे के भीतर ये क्रिया करनी है आपको आपको करना क्या रहेगा यदि आप देखिए अर्घ वगैरह नहीं दे सकते हैं आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नहीं कर सकते हैं आप सुबह उठिए कम कम से सानिध्य में आता है आप लोग जाइए चेयर डालिए और सूर्य के समक्ष सूर्य के प्रकाश में आपको बैठना रहेगा और ध्यान ले ले ले शरीर पे कम से कम कपड़े ठंडक का मौसम फिर भी कोशिश हमारे बचपन में हमारे बाबा हमारे बाबूजी जी जिन्होंने मुझे ज्योतिष का पूरा ज्ञान दिया तो वो कहते थे कि सूर्य की ओर पीठ करके बैठना चाहिए क्यों कहते थे क्योंकि बॉडी में ढेर सारा प्रकाश होगा विटामिन तो, ब्लड आपके, आपके में आएगी बिल्कुल तो उसको शरीर को सीधा प्रभावित करेगी और सूर्य जो पर्याय है पृथ्वी पर ऊर्जा का जीवन का अगर उससे आप जीवंत ऊर्जा सीधे लेंगे तो सोचिए कि आपकी मन स्थिति आपकी शरीर की स्थिति और आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका विकास कितनी तेजी से होगा? वैज्ञानिक लोग तो सूर्य से लाभ ले लेते हैं हाँ। सोलर पैनल का निर्माण करके इलेक्ट्रिसिटी ले लेते इलेक्ट्रिक हैं। हैं। पौधे? पौधे हाँ, है तो सूर्य का प्रकाश वो लेते थे और बहुत कम वो भोजन करते थे कई ऐसे महर्षि कई ऐसे मनीषी कई ऐसे ऋषि मुनि हमारे हिमालय में आज भी हैं जो की तपस्या कर रहे हैं और केवल वो सूर्य के प्रकाश को ही खाते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण वो जीवित हैं अन्यथा कुछ उन्होंने चंद्रमा से अपने प्रत्यक्ष संबंध को काट लिया है हमारे यहाँ क्यों होता था कि पहले हम खुले आकाश के नीचे सोते थे खुले आकाश के नीचे सूर्य देव के साथ या चंद्रदेव के साथ बैठते थे भाई उनकी सीधी ऊर्जा आपको मिलती है तो जो वो ऊर्जा आपको सीधे जीवन ऊर्जा मिलेगी वो आपको भोजन भी नहीं दे सकता तो पंडित जी इस उपाय के साथ सूर्य हाँ इसमें एक चीज रह गई है और यदि आप जल्दी उठ जा जाते हैं नहा धो लेते हैं तो आपको जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है हाँ। लाल कुमकुम एक चुटकी डाल लेना है थोड़ा सा छत लाल पुष्प के हाथ जो भी लगा हो इसको लेकर के भगवान भास्कर को आप अर्घ दे सकते हैं मंत्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं देख सकते है। हैं, नोट कर सकते हाँ ओम ह्रीम घृण सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र से आपको भगवान भास्कर को अर्घ देना है लेकिन ध्यान रहे कि जब वो जल गिरे तो वो डायरेक्ट किसी सिस्टम में ना जाए ना किसी जाए। प्रकार की नाली में गिरे छत पर पर यदि आप गिरते हैं तो उस पर आपका पैर भी नहीं चलना चाहिए आप किसी गमले में इसको कर सकते हैं और आदित्य हृदय स्रोत का आपको एक बार पाठ करना रहेगा आदित्य हृदय स्त्रोत वाल्मीकि महर्षि अगस्त महर्षि अगस्त के बारे में थोड़ा सा एक मिनट में हम प्रकाश डालेंगे कि अगर स्तंभति इति अगस्त जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे वही अगस्त दे, अ, है झुका दे विंध्याचल को उन्होंने था तो हमारे ऋषि मुनियों का यह दिया गया स्त्रोत है आप लोग इसको जो है कर सकते हैं ये स्त्रोत आपको हमारे फेसबुक के जो है पेज पर मिल जाएगा इस पर या आप लोग जो है अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ठीक है पंडित जी तीसरे उपाय के साथ अब हम आते हैं अपने चौथे उपाय पर हमारा चौथा उपाय क्या रहेगा पंडित देखिये चौथा उपाय जो रहेगा ये थोड़ा सा व्यवहारिकता की ओर उपाय है क्योंकि सूर्य होते हैं पिता और चंद्र होती है माता तो आप लोगों को करना क्या रहेगा अपनी इनकम का कुछ अंश अपने माता पिता को देना रहेगा या आप बाहर रहते हैं तो हर महीने हम लोगों की तरफ बोला जाता काढ़ा निकाल लो भैया हाँ। तो हर महीने आप एक कोई जो है गुल्लक बना लीजिए या जहाँ भी आप लोग ध्यान करके उनके नाम से आप एक, नाम एक, एक अकाउंट खोल सकते हाँ, हैं उनके नाम से एक अपने एक अकाउंट में या जो है आप कुछ भी उसको सेव कर सकते हैं कहीं भी रख सकते हैं और जब भी अपने माता पिता के पास जाइए तो अपने आय का एक हिस्सा अपने माता पिता को और अपने गुरु को इससे जुपिटर भी होगा तो जब आप अपने जड़ में कुछ जल डालेंगे आप उनको कुछ धन के माध्यम से आप किसी भी माध्यम से उनको प्रसन्नता देंगे तो आप उस जड़ उस पेड़ में लगे हुए एक फल के समान है जब जड़ में पानी जाएगा जड़ में उपजाऊ खाद हम डालेंगे तो फल अपने आप निकलेंगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि आप अपने माता पिता को खुश रखिए उनकी सेवा करिए धन से तन से मन से एक बात और बताना चाहेंगे ये जो हमने कहा कि अपनी आय का एक हिस्सा दीजिए इवन ये मुस्लिम्स में भी है इवन ये क्रिश्चन में भी है ये तो एक सार्वभमिक जो है मतलब हर प्रकार की जितने भी मानव है धर्म है, किसी, जाति भी धर्म है किसी भी पंथ के हैं किसी भी जाति के हैं सब में इसका वर्णन किया गया है किया गया। इस्लाम में इसको जकात बोलते हैं अपनी आय का 10 परसेंट हिस्सा जो है हर इसको... एक उसमें है ये है तो पंडित जी चौथा उपाय हो गया अब हम आते हैं अपने आखिरी और अंतिम उपाय पे पांचवा उपाय पांचवा उपाय जी देखिये कलियुग में कलियुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है और विविध देवता है ठीक आप लोगों को करना क्या रहेगा शनिवार वाले दिन मंगलवार को नहीं मंगल तो आपके वैसे भी अच्छे रहेंगे शनिवार वाले दिन आपको करना क्या रहेगा आपको गुलाब के फूल की एक माला लेनी है हम्म गुलाब का ही फूल हो ये ध्यान रखिएगा दूसरा थोड़ा सा देसी घी ले लीजिएगा थोड़ा सा चमेली का तेल ले लीजिएगा और पीला सिंदूर ले लीजिएगा और बूंदी से मतलब बेसन से या जो है क्या कहते हैं बूंदी से बनी हुई कोई मिठाई हो इसको ले लीजिएगा कुछ मीठा हो और इसको ले जाना है आपको पहले हनुमान जी को एक फूल की माला चढ़ानी रहेगी हर शनिवार को दूसरा फिर उनको प्रसाद चढ़ाइएगा और फिर वहीं पर बैठ के आप लोगों को देसी घी चमेली का तेल और सिंदूर इनमें अच्छे से आपको मिक्स करना है मिक्सअप करना है और हनुमान जी को लगाना है हनुमान जी इससे बड़े प्रसन्न होते हैं इवन जिनकी भी शनि की साधे साथी शनि की ढैया इत्यादि उनको भी हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए एक्चुअली में है क्या कि जब लंका में हाँ शनिदेव को हनुमान जी ने मुक्त कराया लंका दहन करके जब उन्हें हाँ। मुक्त कराया तो, तो शनिदेव ने हनुमान जी ने उनसे कुछ नहीं कहा शनिदेव ने खुद कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन आपकी आराधना करेगा आपकी आराधना भी करेगा और चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके आपको लगाएगा तो वो शनि पीड़ा से मुक्त होगा, मुक्त होगा। तो निश्चित ही आप लोग आप लोगों को लाभ होगा शनि पीड़ा से आप लोग मुक्त होंगे क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में टेंथ और इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड होते हैं शनि आपके शनि बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे तो अपने शनिदेव को आप लोग मजबूत बनाइए शिवम जी जेम स्टोन रत्नों के बारे में रुद्राक्ष के बारे में हमने नहीं बताया है क्योंकि ये वास्तव में कुंडली देख करके पता चलेगा कि कि कौन से किस, किस जगह पे है और क्या प्रभाव डाल जाए उस अनुसार होगा आपकी वास्तव में महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है लग्न कुंडली आपको यदि ग्रह जो है मतलब अः संकेत कर रहे हैं कि आप ये स्टोन पहने लेकिन सब डिविजनल में संकेत नहीं कर रहे हैं नौमांस में वो ग्रह अच्छा नहीं तो अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं देंगे तो यदि आपको रत्नों के बारे में जानना होगा तो अपनी कुंडली की आप लोग विवेचना बिल्कुल में आप करवा संपर्क करें और विश्लेषण कर जी ये पांच महाभाग्यशाली उपाय हमने मेष राशि के जातकों के लिए दिए हैं और हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि आप लोग ये उपाय कर लेते हैं इस साल तो, तो पूरा, साल, पूरा आपका, साल आपका बहुत एक, होगा। एक, एक एक महीना एक एक सप्ताह खुशियों उपाय नहीं बताया छोटे छोटे प्रैक्टिकल उपाय बस आपको धीरे धीरे अपनी आदत में इसे ढालना होगा और कम से कम आप इन उपायों के साथ शुरुआत के नब्बे दिन वर्कआउट करिए प्रैक्टिस करिए या आपकी आदत में अपने आप आ जाएंगे हाँ जैसे एक बात बताएं आप लोग जिम जाते हैं करने आपका पेट बहुत निकला होता है अब ऐसा तो हुआ नहीं कि आपने आज क्रंचेस किए कल किए एक हफ्ते में आपका पेट अंदर चला गया थोड़ा सा समय देना पड़ता है ना इसी तरीके से जो उपाय भी है तो इसको आप लोग करिए शिवम जी तो पंडित जी मेष राशि के दर्शकों को तो हमने पांच महाभाग्यशाली उपाय बता दिए और मेष राशि के दर्शक वैसे भी हमें बहुत प्यार दे रहे हैं जो हमने फरवरी का राशिफल डाला है जो उनका वार्षिक राशिफल पड़ा है उसको अपार सफलता उन्होंने दी और बहुत ज्यादा देखा है आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे हाँ, सब्सक्राइब करें, करें। बगल में बनी बेल आइकन क्योंकि ये चैनल आपकी जरूरत बनता, जाएगा। जरूरत, बनता जाएगा। जरूरत बनता जाएगा और जो जरूरत मंद है उनके लिए हम लाइव राशिफल शो भी चलाते हैं इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत मिलते हैं अपने नए अगले और क्रांतिकारी वीडियो में तब तक के लिए जय राम जी की जय राम जी की जी